नमस्कार दर्शकों तो जैसा कि हम सभी और आप भी जानते हैं कि सत्रहवीं लोकसभा का चुनाव अपने चरम पर है कई चरण बीत चुके हैं कई चरण बाकी हैं जिसमें एक तरफ तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नेशनल डेमोक्रेटिक एलायंस यानी कि एनडीए मैदान में है और दूसरी तरफ राहुल गांधी जी के नेतृत्व में यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस यू मैदान में है और जिनको बहुत सी रीजनल पार्टियां सपोर्ट सपोर्ट कर रही हैं जिसमें सपा बसपा आरजेडी जैसी पार्टियां हैं कई सीटों पर बड़े बड़े दिग्गजों की प्रतिष्ठा अस्मिता भी मैदान में लगी हुई है जिसमें से आज हम एक सीट पर चर्चा करेंगे जो बिहार की पटना साहिब है एक तरफ तो बीजेपी के भूतपूर्व नेता और सांसद रहे शत्रुघ्न सिन्हा जी हैं जो इस बार कांग्रेस के कंधे पर सवार हैं तो दूसरी ओर बिहार के ही एक नेता और बीजेपी के बड़े चेहरे कैबिनेट मंत्री रविशंकर प्रसाद जी हैं दोनों अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं और दोनों के अपने अपने मुख्तलिफ से रिकॉर्ड भी हैं जहां एक ओर शत्रुघ्न सिन्हा जी दो से लेके और वर्तमान समय तक सांसद रहे हैं इससे पहले 2000 इससे पहले दो बार राज्यसभा में वो सांसद रहे हैं और अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में मंत्री भी थे तो दूसरी ओर रविशंकर प्रसाद जी तत्कालीन में कैबिनेट मंत्री हैं और सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय में रहते हुए उन्होंने बहुत से काम किए हैं जिसमें उनका दावा है कि उन्होंने दस हज़ार गाँवों से ज़्यादा में ऑप्टिकल फाइबर पहुंचाया है तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि आखिर में ज्योतिषीय गणना इन दोनों के बारे में क्या कहती है उसके लिए हमारे साथ हैं आप सबके हमारे आशीष जी आशीष जी बहुत बहुत स्वागत है आपका सभी दर्शकों के हृदय में विराजमान ईश्वर को साक्षी मानकर मैं ज्योतिर्विद आशीष पांडे प्रणाम करते हुए और आप सभी लोगों के आशीर्वाद से इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाना चाहते हैं साथ ही है। है जो दो दिग्गज हैं जिन शत्रुधन सिन्हा जी और रविशंकर सिन्हा जी तो दोनों लोगों की जन्म कुंडली आज हमारे हाथ में है और दोनों लोगों की कुंडली का काफी सूक्ष्म विश्लेषण किए हैं और आज हम जो है इसी पर चर्चा करेंगे तो आशीष जी जैसा कि पहले आपने पूर्व में भी नरेंद्र मोदी जी की कुंडली हो अमित शाह जी की कुंडली हो प्रियंका गांधी वाड्रा जी की कुंडली हो राहुल गांधी की हो भाजपा की हो जो तकरीबन पाँच पाँच लाख छः छः लाख लोगों ने देखा है किया है तो हम लोगों ने सोचा कि हम एक और श्रृंखला शुरू करते हैं एक कदम और आगे बढ़ाते हैं और जो कुछ बहुत बड़ी सीटें जो कुछ विवादित भी हो गई हैं कुछ लाइम में भी आई है मीडिया के कैमरों में भी काफ़ी चढ़ी हुई हैं उन पर भी बात करेंगे तो आशीष जी आज सबसे पहले पटना साहिब पे बात करते हैं तो आशीष जी हम ये जानना चाहेंगे कि ज्योतिषीय परिपेक्ष के हिसाब से गणनाओं के हिसाब से संभावना क्या है लहर क्या है पटना साहिब की देखिए शत्रुधन सिन्हा जी की जो डेट ऑफ बर्थ है हम चाहते हैं हमारे जो सभी दर्शक लोग हैं ये भी नोट कर लें क्योंकि तमाम इसमें जो हैं वो ज्योतिसी भी हैं दर्शक लोगों में हाँ, और दूसरा एक फिर वही हाथ जोड़ करके आप भी प्रार्थना कर लीजिएगा कि आप बहुत मनीषी लोग हैं बहुत विद्वान लोग हैं किसी प्रकार की हेट स्पीच हेट कमेंट मत करिएगा अगर जो है आपको नहीं पसंद आता है तो आप लोग प्लीज़ जो है मत देखिएगा ये चीज़ा मानते हैं लेकिन कोई हेट कमेंट चाहे शत्रुध्न सिन्हा जी हों चाहे रविशंकर प्रसाद जी हों इनके खिलाफ कोई भी आप लोगों को हिट चमट नहीं करना क्योंकि चुनाव के बाद सब एक हो जाते हैं कोई अब टिप्पणी करने की आवश्यकता जी नहीं। जी जी तो शत्रुघ्न सिन्हा जी की डेट ऑफ बर्थ जो है ये नौ दिसंबर उन्नीस है पटना में इनका जन्म हुआ था और शाम सोलह बजकर चालीस मिनट चार बजकर चालीस मिनट पे इनका जन्म हुआ था इनका जो इनकी जो हॉरस्कोप बनती है कुंडली बनती है ये देखिए वृषभ लग्न की कुंडली बनती है और मकर राशि बनती है तो शिवम जी हमारे शास्त्रों में वृषभ लग्न के बारे में देखिए बताया गया है कि वृषभ भाव विप्रह गुरु भक्त प्रियम्वधा गुड़ी कृति धनी लोभी सूरा सर्व जनह प्रिया अर्थात जिनका भी जन्म देखिए वृक्ष लग्न में होता है वो जातक जन्म के साथ साथ तो होते, होते, होते हैं उनके अंदर अपनी एक प्रतिभा छिपी होती है और ये चीज शतुधन सिन्हा पर पूरा चरित्त होती है लोभी मतलब लोभी होते हैं थोड़ी बहुत देखिये माया सबके अंदर आती है तो लोभी होते हैं योद्धा होते हैं सबके प्रिय होते हैं और गुड़ी होते माया को ही लेकर एक कबीर दास जी ने भी कहा है की माया मिटी नमन मरा, मरमर गया शरीर, आशा नामिती, कह दास, कभीर। दास कभीर। तो ये ये सभी में है, ये एक सार्वभौमिक सत्य है। जी जी जी, तो चार भाई हैं जो, जो और चारों भाइयों में सबसे छोटे है सबसे तो एक चीज और बता दें कि इनकी कुंडली में जो योग जो है शुक्र है ये काफी योग कारक है और बुद्ध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग मंगल के घर में बनाया हुआ है तो बुद्ध और शुक्र का राजयोग सप्तम भाव में बहुत अच्छा माना जाता है और अभी हम शिवम जी आपको डेट के जो है अनुसार प्रूफ करेंगे कि कौन जीतेगा कौन जी, नहीं जी, जीतेगा जी, जी, हम अपना एक पक्ष देंगे तो इस योग का जो प्रभाव था एक संपन्न परिवार में इनका जन्म हुआ शत्रुघ्न सिन्हा जी की जो है शिक्षा पहले पटना में उसके बाद ये पुणे चले गए वहां पर इन्होने इस क्षेत्र की जो है कला के क्षेत्र में फिल्म संस्थान में हाँ एक चीज और बता दे क्यूँकी इनकी कुंडली में जो है ये गुरु वर्गोत्तम होकर के गुरु और वर्गोत्तम होकर के लग्न से पंचम और पंचम से आप पंचम अगर इनकी कुंडली में देखिए आप लोग देख लीजिएगा मोबाइल में अपने तो पंचम से पंचम देखा जाए तो गुरु और चंद्रमा का नवम पंचम एक प्रकार से राजयोग स्थापित हो रहा है दूसरा इनकी गुरु जो इनकी गुरु है ये कुंडली में नौमांश में भी देखिए इनकी जो है वर्गोत्तम अवस्था में पहुंच गया है तो बहुत ही शानदार स्थिति में पहुंचा हुआ है और एक चीज़ और बताएं इनकी जो गुरु की महादशा आ रही थी ये लगभग जो है सत्तर के दशक में उन्नीस से शुरू हुई है तो सत्तर और अस्सी के दशक में शत्रुघ्न सिन्हा जी बॉलीवुड के एक ऐसे चेहरे थे कि इनके डायलॉग हर किसी के जुबान पे रहते थे हर एक हर एक एक मूवी में तो क्यूँ है ये भी हम आपको बता रहे हैं सेकंड हाउस में राहू बैठा हुआ है राहू जो होता है यहाँ पर देखिये उच्च क्या हो गया वाड़ी के कारक ग्रह राहू ने इनके ऐसे ऐसे डायलॉग है खामोश आपने सुना हो जी बिल्कुल हाँ तो ऐसे ऐसे कुछ इनके डायलॉग हैं जो अभी तक व्यक्ति के जो है जुबान पर परि हाँ, वो रटे हुए हैं और एक जो इनकी ठोस आवाज है वो इनको दी है पराक्रम भाव में बैठा मंगल और शनि इनको रावदार व्यक्तित्व तो अब जैसे शत्रुघ्न सिन्हा जी देखिए बागी होकर बीजेपी से कांग्रेस में गए कांग्रेस ये किसी के अधीन नहीं रहे नहीं ये किसी के अधीन नहीं रहे और बिल्कुल बड़ा आश्चर्य हुआ ये जब गए तो शनि और मंगल मंगल यहाँ पर देखिए नीच के हो गए पराक्रम के घर में मंगल नीच के हो गए और चंद्रमा ने इसकी नीच भंग कर दिया मंगल का तो यहाँ पर नीच भंग राजयोग भी बन गया और शनि भी पराक्रम का ग्रह है और मंगल भी जो है पराक्रम वाला है तो ये किसी के आगे जब तक, जी रहेंगे। जब तक ये जीवित रहेंगे ये किसी के आगे झुके सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुके आप देखिए ये, ये कांग्रेस में ये कांग्रेस में आ तो गए हैं कांग्रेस में आ गए हैं लेकिन ये कांग्रेस के भी नहीं होंगे ये भी आज हम आपको बता रहे हैं दूसरा दूसरा ये भी देखिए कि इनकी कुंडली में इस समय योगनी दशा पर यदि हम फोकस डालें और योगनी दशा इस समय पिंगला में जो है उल्का की चल रही है और पिंगला की जो दशा आई 23 पाँच 2018 से आई है और ये 23 पाँच बीस तक की रहेगी तो जैसे ये पिंगला लगी योगनी दशा में तैसे इनके बोल जो है ऐसे हो चुभते गए जो है मतलब इनकी पार्टी को बीजेपी को कि इनको फिर पार्टी से बाहर कर आता है और ये भी देखिए कि हम एक चीज़ और बता दें कि राजेश खन्ना जी से हाँ, उसी हाँ? के विषय में मेरा एक ये है कि उन्नीस में राजेश खन्ना जी, जी, जी, जी, जी का दिया है तो जी. मुझे भी थोड़ा सा क्योंकि मैं पॉलिटिकल साइंस का भी स्टूडेंट में दर्शकों लोकसभा का उपचुनाव था नई दिल्ली की सीट थी जी. और प्रतिद्वंद प्रतिद्वंदी थे राजेश खन्ना और शत्रुघ्न सिन्हा जी उसमें राजेश खन्ना जी ने इनको एक बड़े मार्जिन से हराया मुझे लगता है कि अपने राजनीतिक किरियर में इतना बड़ा सेटबैक, जो, जो उपचुनाव हुआ था और उसमें चूंकि जो इनकी दशा थी उन्नीस सौ तो इक्यानबे में इनकी लग गई थी तो वो जो उपचुनाव था उसमें सनि की साढ़े साथी इनके ऊपर चल रही थी ध्यान दीजिएगा शनि की साढ़े साथ ही चल रही थी इस दौरान राजनीति में तो ले आया, ले लेकिन लाया और शनि के सारे साथी ने इनको हरा दिया।, हरा दिया जी बहुत मतलब बहुत बड़े मार्जिन से ये हारे थे हाँ जी और इन दोनों में जो है बोलचाल नहीं काफी तकरार उससे पैदा हो गई जी जी जी जी जी तो पंडित जी अब अपने दूसरे प्रश्न पे एक आते हैं कि जैसा इन्होंने क्या कहते हैं पाला तो बदल लिया बीजेपी में एक बहुत लंबे समय तक रहे जैसा मैंने पूर्व में कहा कि अटल बिहारी जी की सरकार में ये मंत्री भी थे जी। और 2009 में 15वीं लोकसभा में और 2014 16वीं लोकसभा में एक बड़े अंतर से जीतने वाले दो में शत्रुघ्न सिन्हा जी है जी। तो पंडित जी एक दूसरा प्रश्न खड़ा ये होता है जैसे आपने अभी कांग्रेस का भी जिक्र किया उसी से संबंधित मेरा प्रश्न है जी। बीजेपी में इन्होंने बहुत बड़ा वक्फा है बहुत बड़ा समय गुजारा गुरु की चुनाव के बाद कांग्रेस में कितने समय तक ये रहेंगे हाथ, हाथ साढ़े रहे, तो हम हम है है, तो साथी का प्रभाव चल रहा है आप जानते होंगे तो वही साढ़े साथी जो उन्नीस सौ बानबे में थी फिर से इनके ऊपर आ गई और इस समय गोचर में शनि धनु राशि में होकर के मकर राशि के चंद्रमा से हानि के बारहवे धर्मे मंडरा रहा है तो अभी ज्योतिष इशारा क्या कहता है ये हम आपको लास्ट में बताएंगे और विष्वंतरी में हाँ ये सस्पेंस है विष्वंतरी में इस समय इनकी जो महादशा चल रही है ये बुद्ध में मंगल की जो है इनकी दशा चल रही है और मारक दशा चल रही है मंगल जो विष्वंतरी में बुद्ध में मंगल आ गया ये एक प्रकार से मारक का भी काम कर रहा है और वृषभ लग्न में मंगल इनका जो है बिल्कुल भी योग कारक नहीं है क्योंकि हम अगर शिवम जी बृहत पर असर का हमने भी ग्रंथ का सहारा लिया है तो बुद्ध में जब मंगल का अंतर आता है तो हमारा शास्त्र ही कहता है कि नीच और मंगल इनकी कुंडली में देखिए नीच है लेकिन नीच भंगता भी किया है तो उसमें एक श्लोक आता है कि नीच क्षेत्र समायुक्त भ्रष्ट में व्यय व पाप दृष्टि युते पापी देह पीड़ा मनोव्यथा उद्योग भंगो उद्योग भंगो उद्योग भंग हो जाते हैं उद्योग उद्द्यो, उद्योग भंगो देशादो स्वग्रामे धान्य नाशनम ग्रंथ शस्त्र वारणिदानम धयम ताप जराधिकम अर्थात ये जो बुद्ध में मंगल का अंतर है इसमें भाई साहब इनके साथ होगा ये जितना करेंगे ये उसमें असफल रहेंगे कोई भी इनकी कूटनीतिक काम ही नहीं आएगी पॉलिटिकल बिल्कुल नहीं आएंगे अपने स्थान पर धन आदि का नाश मतलब धन का नाश अब जैसे चुनाव खड़े हुए हैं और इसमें भी एक प्रकार का धन लग रहा है बिल्कुल तो धन का नाश और दूरस्थ प्रदेशों में सफलता ना मिलना और हथियार से यंग जो है ज्वाइंट पेन से रिलेटेड कोई इनके शरीर में बिगाड़ होना प्रॉब्लम होना घाव आदि से पीड़ा ये सब इंडिकेट करता है तो ये तो थी देखिए जो है शत्रुघ्न सिन्हा जी की कुंडली और तमाम चीज़ें हमने आपको इनके बारे में बता दी है और निष्कर्ष हम बाद में निकालेंगे क्योंकि हमने निष्कर्ष एक जगह लिख रखा है वहीं देखिए एक चीज और बताते हैं जैसे ही बुद्ध में शुक्र का अंतर आया था इनकी बुद्ध की महादशा में शुक्र का अंतर आया था ये 16 ग्यारह 2013 से 16 नौ 2016 तक था उस दौरान इनको जो है बीजेपी ने टिकट दिया और ये पटना साहिब के सांसद बने जब भी ये लड़े हैं तो आशीष जी जी दूसरे हमारे कैंडिडेट रविशंकर प्रसाद जी हाँ एक बड़े मंत्री हाँ। और एक उद्योग निरत होने वाले मतलब इनको एक अच्छे मंत्रियों में जो मोदी सरकार है।, है और वक्ता भी बड़े अच्छे हैं और बिहार के ही हैं ये पटना पटना के ही तो दोनों लोग लो पटना हाँ, के हाँ दोनों तो क्या इनका इनकी कुंडली क्या कहती है देखिए रवि रविशंकर प्रसाद जी का जो जन्म हुआ है ये 30 अगस्त 1953 में हुआ है संडे दिन था प्रातः का जो है प्राता हुआ है बजकर चालीस मिनट पर हुआ इनकी जो जन्म कुंडली है इनकी सिंह लग्न की कुंडली है इनकी मेष राशि है तो शिवम जी सिंह लग्न के बारे में हमारा शास्त्र कहता है कि सिंह लग्न समुपन्नों सिंह लग्न में सिंह लग्न में जो लोग उत्पन्न होते हैं समुत्पन्नो तो सिंह लग्ने समुपन्नो भोगी शत्रु hmm. अल्पपुत्रश्च जिनका सिंह लग्न में जन्म होता है वो जो पुरुष होते हैं वो पुरुष भोगी शत्रु को जीतने वाले स्वल्प जिनका भी जन्म सिंह लग्न में होता है शिवम जी वो पुरुष जो होते हैं भोगी होते हैं शत्रु को जीतने वाले होते हैं, जिस हिसाब से विरोधी दल हो या सत्ता दल ही तो... इन पर चरितार्थ होती है पक्ष हो उसपे जिस प्रकार से ये अपने भाषणों से या प्रेस कॉन्फ्रेंस से आक्रमण करते तथ्य रखते हैं वो बड़े सटीक होते हैं ये चुनाव भी एक प्रकार का रण है रण है तो हमने कहा ना रण विक्रमी अर्थात रण में पराक्रमी होता है रण को जीतने वाला होता है तो अब जो सिंह लग्न है अब ये रण क्या कहता है इस पर हम बताते हैं दूसरा बताना चाहेंगे कि इनकी कुंडली में शनि उच्च का हो गया है वर्गोत्तम हो गया है नौमांश में भी इनकी जो है कुंडली में वर्गोत्तम हुआ है और डीट चार्ट कैरियर के लिए विशेषकर देखा जाता है उसमें भी शनि वर्गोत्तम हो गया है और इस कुंडली की खूबसूरती देखिए कि इनकी कुंडली में स्थान परिवर्तन नामक एक प्रकार का राजयोग होता है मंगल इनकी भी कुंडली में नीच की है शत्रुघ्न सिन्हा जी की भी नीच का था अच्छा, और उनके में भी नीच भंग हो रहा इनके में भी नीच भंग हो रहा है इनके में दो राजयोग आ गए एक नीच भंग राजयोग आ गया और दूसरा स्थान परिवर्तन नामक राजयोग आ गया चूंकि मंगल चंद्रमा के घर में बैठे हैं चंद्रमा मंगल के घर में बैठे हुए हैं तो नीच के मंगल का जो है दो प्रकार का इसने राजयोग यहीं पर फलित कर दिया दूसरा हम बताना चाहेंगे कि इनकी जो जन्म कुंडली है जो है रविशंकर जी की है है हमने बताया शनि इनका का है, और वर्तमान समय में जो इनकी महादशा चल रही है रविशंकर प्रसाद जी की ये ये इनकी शनि की महादशा 2014 से ही लगी ये जो आप देख तो आधिपत्य होता है जिस प्लेनेट का वो शनि का ही होता है अब देखिए थोड़ा सा ज्योतिष को अपने अंदर जो है यदि देखें और सीखे लोग ज्योतिष के माध्यम से जान सकते हैं कि जातक कौन सा कार जैसे हमारे तमाम दर्शक जब रात में लाइव राशिफल हम होते हैं दस से बजे फोन करते हैं तो हम एक बार में बता देते हैं कि जातक है, करता है जातक वो करता है तो इसी तरीके से संचार के क्षेत्र तो में इनका आधिपत्य स्थापित है और काफी कुछ इन्होंने जो है किया भी है और इसमें इनका सरकार का दावा है और ये एक सरकारी आंकड़ा है जी की से ज्यादा गाँवों में जो वहाँ की ग्राम पंचायतें होती है उसको ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा गया है दुनिया में एक बहुत बड़ा क्या कहते हैं काम है बहुत बड़ा जो है, है ना शनि का जो नेचर ही है में से एक थे जी तो इनकी कुंडली बहुत हद तक की शनि की महादशा चल रही है और शनि में इस समय बुद्ध का अंतर इनकी कुंडली में चल रहा है दसम भाव में बैठा जो इनका गुरु है तो ये लगभग उन्नीस सौ अंठानबे से और दो हजार चौदह तक सुप्रीम कोर्ट में जो आपने कहा था ना आप इनकी महादशा इनकी कुंडली में देख लीजिए जो गुरु की महादशा उन्नीस से 2014 तक की थी तो जो ज्ञान होता है जो नॉलेज होता है ये जुपिटर देता है भाई साहब बुद्धि बोलना आपको क्या है ये बुद्ध देता है वाक पटका बुद्ध देता है लेकिन आपके अंदर नॉलेज से आएगी? कंटेंट क्या, गंटेंट है? गंटेंट क्या आप है? आप एक्सप्रेस कैसे करते हैं? तो है? जुपिटर ने इनको तमाम प्रतिष्ठित वकील इनको बनाया सुप्रीम कोर्ट के प्रतिष्ठित वकील वाजपेयी सरकार में भी ये केंद्रीय मंत्री के पद पे रहे मोदी सरकार में भी केंद्रीय मंत्री के पद पे थे एक राजनीतिक हस्ती इनको बना दिया तो एक चीज और बता दें जुलाई 2014 से पराक्रम भाव में बैठे उच्च के शनि की महादशा उनकी कुंडली में चल रही थी शनि पर नीच के मंगल की भारवे घर से जो है पड़ रही दृष्टि के चलते कानून मंत्री रहते हुए उन उनको जो है नेशनल जुडिशनल को लागू करवाने करुण में थोड़ा सा सफल रहे थे वो जो इनका पीरियड आया था और एक चीज और बता दें पहले कानून मंत्री भी इसी, इसी सरकार किसी सरकार में थे वो भी इनको शनि ने दिलाया और तमाम चीज़ें हैं इस बार इस बार ये कि आपने कुर्सी बचाने में कामयाब होंगे तो अब हम इनकी योगनी दशा पर भी देखिए आ जाते हैं इनकी योगनी दशा इस समय जो चल रही है वो चल रही है भ्रामरी की चल रही है और भ्रामरी में जो अब चरण आएगा ये सत्रह चार उन्नीस से सिद्धा का चल चुका है तो इनके लिए तो कुछ इंडिकेशन हमारे हिसाब से ठीक है लेकिन एक चीज़ और बता दें शिवम जी शत्रुघ्न सिन्हा से बहुत कड़ी चुनौती इनको मिलेगी बहुत कड़ी चुनौती क्या नहीं होता है, है, है यूट्यूब पर है, बड़े बड़े एक है, वो लोग बहुत, मतलब हो सकता है कि उनको अपनी दुकान बंद होने का की भविष्यवाड़ी है अगर गलत हो गई तो कही देखिए जब हम लोग भविष्यवाड़ी करेंगे जीत हार लगी रहती है लेकिन ज्योतिष क्या कह रहा है ज्योतिष अगर हम निष्पक्ष होकर के एक बार बताएंगे तो चीजें सही होंगी ऐसा ही है तो हम बताना चाहेंगे कि बहुत कड़ी चुनौती इस बार इनको मिलने वाली है और अभी शनि गुरु के लग्न और चंद्रमा दोनों से अनुकूल गोचर जो है चूंकि रविशंकर प्रसाद का पल्रा जो है कुछ भारी जो है करा दिया है करा दिया। और मेष के चंद्रमा और सिंह लग्न के रवि जो है इनका नाम भी देखिए रविशंकर प्रसाद सूर्य को भी हम लोग रवि बोलते हैं तो रविशंकर प्रसाद के लिए गुरु जो है शनि और गुरु का गोचर इनको आप ये मानिए कि बहुत हद तक की जो जोशीय आंकड़े कह रहे हैं कि इनको बल्ले बल्ले बिल्कुल बल्ले बिल्कुल तो क्योंकि जुपिटर धनु में थे वृश्चिक में वापस आ गए और वृश्चिक में जो है आकर के सप्तम दृष्टि सीधे कर्म क्षेत्र पर दे रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि हाँ रविशंकर प्रसाद चूंकि शत्रुघ्न सिन्हा जिस समय सनी के सारे साथी के चक्र में हुए फंस चुके हैं हंस चुके हैं तो हमें नहीं लगता कि शत्रुघ्न सिन्हा जी को जो है हमारे हिसाब से टू भी जो है मतलब हमारी एक निष्पक्ष राय है तो हर एक मे बी मे नॉट बी को किनारे करते हुए जो हमारे दर्शक जानना चाहते हैं और जो स्वयं मैं भी जानना चाहता हूँ क्या होगा कौन जीतेगा कौन हारेगा पटना साहिब में आप आपका ज्योतिष क्या कहता है शिवम जी शत्रुघ्न सिन्हा जी की भाषा में हम कहना चाहते हैं खामोश अच्छा तो मतलब इस बार उनकी योगिनी दशा में पिंगला में उल्का चल रही है भाई साहब और ये तीन जुलाई दो हजार उन्नीस तक की रहेगी कोई सवाल ही नहीं जो है होता की वो जीत जाए दूसरा रविशंकर प्रसाद जी की योगिनी दशा में हमने आपको फिर बताया की जो हाँ भ्रामरी में सिद्धा भ्रामरी में सिद्धा का चरण आ गया इनके कार्य अपने आप सिद्ध होने जो है शुरू हो जाएंगे लेकिन फाइट जो रहेगी भाई साहब टक्कर ही रहेगी देखने लायक होगा हो हो कि पटना साहिब में वहाँ के मतदाता वहाँ के वोटर्स अपने दिमाग में किसको रख के वोट देंगे किसको जिताएंगे रविशंकर प्रसाद जी को जिताएँगे या शत्रुघ्न सिन्हा जी को जिताएंगे हमारा ये शो हमारी सीरीज़ इस बात की एक कोशिश है कि हम ज्योतिष परिपेज से ये मतलब आ, हल करने की कोशिश करें समझने की कोशिश करें देखने की कोशिश करें कि आखिर में चीजें जा किस तरफ रही जीत जी, जी. कौन रहा है हार कौन रहा है एक तरफ है एनडीए एक तरफ है यूपीए एक तरफ नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है और एक तरफ राहुल गांधी जी का नेतृत्व है तो जैसा कि आज हमने देखा पटना साहिब में शत्रुघ्न सिन्हा जी को जो नहीं दिख रही है शॉर्ट गन है। और हाँ शॉर्ट गन भी उनको कहा जाता है और रविशंकर प्रसाद जी की बल्ले बल्ले हो रही है दे दे। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में अगले प्रोग्राम में एक नई सीट के साथ दो नए प्रतिद्वंदियों के साथ और ये भी कोई खास सीट होगी तो आप हमारे साथ बने रहिए सब्सक्राइब करिए लाइक करिए और इसको जितना हो सकता है शेयर करिए ये रविशंकर प्रसाद और शत्रुघ्न सिन्हा जी तक पहुँच हाँ उन तक पहुँचे और देखे की भाई भाई ज्योतिष के हिसाब से बातें क्या हो रही है तो तब तक हमें दीजिए इजाज़त मिलते हैं अपने नए वीडियो में नमस्कार नमस्कार और आप सभी लोगों का दिन शुभ हुआ मंगलमय हो